अश्विन कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि विक्रम संबद्ध दो हजार 1941 मंगलवार दिन 17 सितंबर कैसा रहेगा मेष से लेकर के के मीन राशि सूर्योदय होगा प्रताप पांच बजकर छप्पन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर पांच मिनट पर दर्शकों जो तिथि रहेगी पंचांग पांच अंकों से मिलकर के बना होता है तिथिवार नक्षत्र योग करण तो कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि चार मिनट तक की शाम को रहेगी इसके उपरांत चतुर्थी तिथि लग जाएगी तृतीय तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि परवर का सेवन नहीं करना है यदि आप परवर का सेवन करेंगे तो शत्रुओं की वृद्धि होती है इसी प्रकार चतुर्थी तिथि को मूली का सेवन नहीं करना चाहिए मूली का सेवन करते हैं या सफ़ेद तिल का सेवन करते हैं तो धन का नाश होता है शास्त्रों में हमारे ऐसा लिखा है नक्षत्र रहेगा अश्विनी और करण रहेगा विष्टि व उसके उपरांत बालोकरण योग रहेगा ध्रुव इसके उपरांत व्याख्यात योग रहेगा वार रहेगा मंगलवार दिशाशूल की बात करें तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अब यदि आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी पड़ जाए दिशाशूल रहता है इस दिन तो उत्तर दिशा की ओर पहले आप मच जाइए पहले आप दक्षिण दिशा की ओर चार पग चलिए और घर से गुड़ का सेवन करके जल पीजिए गुड़ खाइए और उसके बाद यात्राओं पर निकलिए आपकी यात्राएँ ठीक ही रहेंगी बहुत अच्छी तो हम नहीं कह सकते हैं अगर आप उस दिशा में जाएंगे उत्तर दिशा की ओर क्योंकि दिशा फुल रहता है शुल् मतलब होता है कांटा तो उस दिशा में आप जाएंगे कांटे हैं लेकिन हमने आपको जो है फुल प्रोटेक्शन दे दी है शूज़ वगैरह पहना दिया है तो समझ जाइए कि कुछ आप बचे रहेंगे अशुभ समय की बात कर लेते हैं और अशुभ समय से हमारा तात्पर्य राहु काल से है तो राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर तीन बजकर तीन मिनट से लेकर के शाम को चार बजकर चौंतीस मिनट तक की राहु काल रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों का करना जो है वर्जित माना जाता है वहीं यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो सुबह ग्यारह बजकर छत्तीस मिनट से दोपहर बारह बजकर पच्चीस मिनट तक की आप कर सकते हैं पूरे दिन अमृत सिद्धि योग है पूरे दिन आप काम कर सकते हैं लेकिन राहु काल में प्लीज आप लोग किसी भी कार्य को मत करिएगा दर्शकों चंद्रदेव का जो चलायमान रहेगा मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे सूर्य राशि जो रहेगी सिंह रहेगी और सूर्य नक्षत्र रहेगा ये रहेगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विक्रम संबत्त दो हज़ार छिहत्तर परिधावी नामक संवत्सर है सक संबत्त उन्नीस विकारी नामक संवत्सर है और गुजराती संवत्सर की बात करें तो 2075 चल रहा है और जो संवत्सर रहेगा ये साधारण संवत्सर है तो चलिए दर्शकों ये तो थी पंचांग की बात गुजरात से हमारे तमाम दर्शक है। अब हैं अब पढ़ते हैं हम अपने राशिफल पर कि भाई आज का राशिफल मेध से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया ले करके आया है तो मेथ राशि के जातकों आज आपका दिन उम्मीद से बेहतर बीतेगा अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में आज आप बेहतर ढंग से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं आज आप सफल रहेंगे कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत का फल आज आपको जरूर मिलेगा आज आपको किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिल सकता है जीवनसाथी के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे आज सरकारी काम जो आपके लंबे समय से अटके थे वो पूर्ण होते हुए नजर आएंगे उसका निपटारा हो सकता है आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे दोस्तों की सलाह आज आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है ज़रूरतमंदों को कोशिश कीजिएगा कि वस्त्र का दान कीजिएगा और लेकिन आज आपका धन खर्च अधिक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होंगे जिससे आपके परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे सेहत के मामले में आज आप खुद को स्वस्थ महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम होगा आपको प्रसिद्धि मिलेगी अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज आप नए कदम उठाएंगे विदेश यात्राओं का योग बन रहा है विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज आपके मन की इच्छा विशेष पूरी होगी जिससे आपको आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा सकारात्मक सोच आपको लाभ दिलाएगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए और हनुमान जी को आज बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर और मेथ राशि के जात को माफ करिएगा आपको हमने शुभ दिशा नहीं बताई तो आपके लिए दक्षिण दिशा सर्वथा शुभ रहेगी मिथुन राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो मिथुन राशि के जातको आज आपका दिन कल की अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर रहेगा आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इसमें बहुत हद तक की कामयाब होंगे अचानक से कुछ धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है खास करके जो स्टूडेंट हैं इनको आज टीचर्स का अच्छा सपोर्ट मिलेगा कोई यदि आपके एग्जाम्स हैं उसमें टीचर आपकी भरपूर मदद करेंगे आज आपकी हर कोई आज आपकी बातों से हर कोई आपके बात का कायल हो सकता है कोई जल्दी ही नई जिम्मेदारियां आपको कार्यक्षेत्र में मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आय के अन्य सोर्स भी बनेंगे मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए आज आपको बुलाया जा सकता है आय के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे कोई जॉब वगैरह आज आपको मिल सकती है धार्मिक कार्यों में भी आज आप गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं रुचि ले सकते हैं और किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा भी बन सकते हैं सूर्यदेव को गायत्री मंत्र से आज आपको जल देना रहेगा आपकी मनोकामना पूर्ण होगी प्री लगेगी शुभ कलर आपके लिए आज का रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम कर्क राशि के जात को दिन आज आपका ठीक ठाक रहेगा आज आप किसी विषय में कोई फैसला लेने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं जीवनसाथी के साथ कहीं घूमने का कही प्लान कर रहे हैं तो वो कैंसिल होता हुआ नजर आएगा क्योंकि आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्क का प्रेशर रहेगा आपसे रिश्तों में कुछ तनाव बढ़ेगा ऑफिस में आज आपको कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा किसी नए प्रॉपर्टी को देखने आज जा सकते हैं लेकिन निवेश मत करिएगा आज आपको जो है मांसपेशियों में खिंचावट रहेगी थकान रहेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हनुमान चालीसा का तीन आप लोग पाठ करिए और एक महामृत्युंजय महामृत पूर्व दिशा सिंह राशि पर आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे बाईस तेईस चौबीस तारीख को उज्जैन और इंदौर में रहेंगे तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी यहां से है आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दर्शकों आप लोग फोन के माध्यम से भी हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं बाकी आप लोगों के शहर में हम आते रहते हैं सिंह राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो मिला जुला दिन आपका रहेगा भाग्य का अचानक से आपको साथ मिलेगा और अचानक से आपको तो कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा पूर्ण होता हुआ नजर आएगा किसी भी बात विवाद से बचने की आपको जरूरत रहेगी किसी से बातचीत करते समय आज आपको सावधानी रखनी पड़ेगी आज का दिन खास करके जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए अच्छा रहेगा मेहनत के बल पर आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे आपको उनके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी आज आपकी सभी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगा के सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा चलते हैं कन्या राशि पर कन्या राशि के जात आज आपका दिन कैसा बीतेगा तो दिन आपका शानदार रहेगा आज आपको परिवार से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है जो कि आप बहुत अच्छे से संभालेंगे साथ काम करने वाले लोगों से आज आपको मदद मिलेगी दोस्त की मदद से आज आपके काम सफल होंगे साथ ही आज का दिन कम मेहनत में ज्यादा फल दिलाने वाला रहेगा ऑफिस में रुके हुए प्रोजेक्ट रुके हुए काम आज आपके आसानी से पूरे होंगे आज आपके बॉस का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा या यूँ कह ले कि उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग हो प्राप्त होगा कोशिश कीजिएगा कि आज हनुमान जी को एक चोला और एक नारियल जरूर भेंट कीजिएगा और वहाँ पर हनुमान चालीसा का तीन बार आप लोग पाठ जरूर कीजिए आपकी मेहनत रंग लाएगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा तुला राशि लिब्रा तो तुला राशि पर आगे बढ़ें दर्शकों यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं उपाय करके थक चुके हैं तो एक बार अपनी कुंडली का पुनः विश्लेषण करवाइए और यकीन दिलाते हैं कि आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनको हम बहुत हद तक ही कम करेंगे उज्जैन और इंदौर आगमन हो रहा है 22 तेईस 24 को तो इच्छुक दर्शक जो कोई भी हैं आप लोग फटाफट अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि यदि आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो लखनऊ में भी आके मिल सकते हैं तो तुला राशि के जात को कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपका दिन सामान्य रहेगा आपको किसी भी काम को करते समय अपने मन को शांत रखना पड़ेगा आपका काम आसानी से पूरा होगा पैसों से जुड़े कोई महत्वपूर्ण फैसले को सोच समझ लीजिएगा किसी पुरानी बात को लेकर आज आप तनाव की स्थिति में आ सकते हैं जीवनसाथी का साथ आज आपको बेहतर मिलेगा आज पार्टनर के काम के द्वारा आ, उनको जो है क्या कहते हैं आप जाने जाएंगे जीवन साथी को कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए फीमेल हैं तो मेल के लिए आज छात्रों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा मेहनत का पूरा फल आज आपको प्राप्त होगा कोर्ट कचहरी के मामले में आज आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गाय को आपको बेसन से बनी हुई कोई चीज़ जैसे चने की दाल हो गई बेसन के लड्डू हो गए तो ये सब आप जरूर खिलाइए बेसन की रोटी भी खिला सकते हैं आपको जो है आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा तो हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि वही वृश्चिक राशि जिसमें चंद्रमा नीचे रहते हैं तो वृश्चिक के जो है जातको आज के लिए आपका दिन उत्तम रहेगा खास करके स्टूडेंट्स के लिए किसी जॉब से रिलेटेड क्योंकि जॉब से रिलेटेड कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकती है कोई इंटरव्यू वगैरह में आज आप जा सकते हैं उसमें आप सफल होते हुए नज़र आएंगी आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आपकी बनी रहेगी दोस्तों के साथ आज आप कहीं बाहर जा सकते हैं जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं ऑफिस में उनके काम को आज सराहा जाएगा किसी खास व्यक्ति का आज आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा मीडिया वर्ग के बंधुओं को आज लंबी दूरी की यात्राएँ पड़ेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज हनुमान जी को यज्ञोपवीत चढ़ाइए और वहां पर बैठ के सुंदर कांड का आज आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज भगवा कलर ऑरेंज कलर कह सकते हैं जैसे सूर्य जब उगता है वो कलर आपके लिए सबसे शुभ रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट पूर्व उत्तर दिशा धनु राशि के जातकों आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा किसी व्यक्ति से आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा होगा किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्ग की राय आपके लिए कारगर साबित होगी जो है लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा यात्राओं का योग बन रहा है व्यापार के सिलसिले में आज आप यात्राएँ कर सकते हैं नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा किसी बड़ी कंपनी में आज आपको जॉब मिल सकती हैं आज कॉस्मेटिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा दिन रहने वाला धन लाभ कुल मिलाकर के होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा हनुमान नष्टक तक तीन बार आप लोग पाठ करिए वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो कौन उसे संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है हटारो एक बार हनुमान जी से आप लोग रिक्वेस्ट तो करिए प्रार्थना तो करिए उनको एहसास तो दिलाइए आप चाहे जितने बड़े पैसे वाले हैं भगवान के सामने हमेशा हाथी जो है मतलब जो है फैलाएंगे तो आप उनके सामने गरीब हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों के अंदर अहम आ जाता है एक वो अहम द्वितियों ना हम ही हैं हम ही सबका भाग्य बदल देंगे हमारे पास आओ गलत चीज़ है भगवान से बढ़ कुछ नहीं है ये जो ग्रह नक्षत्र तारे सितारे ये सब हैं ये उन्हीं के अधीन हैं तो आप हनुमान अष्टक का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा कैप्टिकॉन मकर राशि तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा अपने व्यवहार को आज आप थोड़ा सा लचीला रखिएगा आपके कुछ कामों में आज समय अधिक लग सकता है लेकिन वो कार्य आपके पूरे होंगे आज थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती पैसों की चिंता आपको बढ़ सकती ऑफिस में आपको कुछ जो है मतलब साथ के लोग सहयोग करेंगे मदद करेंगे यदि कोई लोन वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें अड़ंगा लग सकता है कोर्ट कचहरी के भी मामलों में आज आपको जो है अच्छा दिन नहीं रहने वाला है बच्चों के स्वास्थ्य रिलेटेड आज आप कुछ परेशान रहेंगे उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप आप लोग करिए और सुबह सूर्य देव को अर्घ दीजिए आपका दिन बेहतर होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साफ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कुंभ राशि क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत करेंगे आपको आज ऑफिस में सीनियर का साथ मिलेगा आपके उच्चाधिकारी आपसे आज प्रसन्न रहेंगे आज कोई आपको बहुत बड़ा टास्क ऑफिस में मिल सकता है माता पिता आज आपको कोई बहुत बड़ा सरप्राइजिंग गिफ्ट दे सकते हैं आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा जो कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज नौकरी परिवर्तन का योग बन रहा है कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन बेहतर रहेगा उच्च शिक्षा के लिए आज आप बाहर यदि अप्लाई कर रहे हैं तो जाते हुए नजर आएंगे कोई नई तकनीकी भी आप सीख सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करना रहेगा और हनुमान जी को एक लाल चोला आज आप लोग अर्पित जरूर करिए किस्मत का आपको साथ मिलेगा इससे आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा अंतिम राशि पर आगे चलते हैं लेकिन दर्शकों फेसबुक पेज वालों आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए तो मीन राशि के जात आज आपका दिन घूमने फिरने में अधिक बीतेगा परिवार वालों के साथ आज आप कहीं दूर दराज की यात्राओं पर जा सकते हैं व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ होगा आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं आज आपके काम से जीवन प्रसन्न रहेगा शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा आज माता पिता का पैर छु के आशीर्वाद आप लीजिए और यदि हो सके तो आज आप लोग विष्णु साहित्य नाम का पाठ जरूर करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो सब्सक्राइब बेलाइकन हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप हमको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं दीजिए इजाजत जाते जाते आप सभी से बिता लेते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार